ने सुनते हैं बाहर वालों के घर वालों की गालियां सुनते हैं ये वीडियो बनाना जनाब इतना आसान नहीं होता